तो हेलो गाइस स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में और ये कोई ब्लॉग नहीं है ये एक सूचना है जो आपको दे रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके बस ब्लॉग करता हूं यहीं पे ख़त्म और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो कल ब्लॉग डालूं वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके धन्यवाद